पिंटा जी, एक बकरों ओडीएसपी। सही बाबू आ। क्या आ। इधर माल क्या माल को गाड़ी देर तो माल। गाड़ी आई के के तो तार आदो बकर